आखिरकार हॉस्टल बढ़ाने की तैयारी कैसे करें सिलेबस क्या होगा वैकेंसी कब तक आएगा पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक जरूर देखिए वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करके जरूर जाए तो चलिए बात करते हैं कि तैयारी कैसे करना है तो छात्रावास अधीक्षक भर्ती के लिए सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका डेढ़ नंबर का रहेगा उसमें कंप्यूटर तो पचास नंबर का रहता है जिसमें पच्चीस नंबर लाना अनिवार्य है ठीक है कैसे तैयारी करना है पूरी जानकारी के लास्ट तक जरूर देखते रहिए तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं तब तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा मैं हूं रुपेश और आप सभी का स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तैयारी कैसे करना है छात्रा और शिक्षक की तैयारी के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर परीक्षा तो ऑफलाइन होगी साथ ही प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में रहेगा ठीक है इसके बाद बात करें तो परीक्षा में प्रश्न पत्र कुल 150 होंगे ठीक कितने नंबर का रहेगा डेढ़ नंबर का रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ठीक है और यह परीक्षा की समय की बात करें तो परीक्षा के समय आपका ढाई घंटे की रहेगी ठीक है परीक्षा हॉस्टलवाराने की जो है उसका ढाई घंटे की रहती है और प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प रहे यानी कि चार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे उसमें आपको एक टिक लगाना है ठीक है और प्रत्येक उत्तर के लिए एक अंक प्रदान किया जाएगा इसमें 0.2 फंड पॉइंट कि अंक काटे जाएंगे 0.25 यानी कि 25 कि कि 1 by 4 यानि चार ऑप्शन में एक नंबर कट जाएगा ठीक है अब बात करते हैं सिलेबस की तो सबसे पहले सिलेबस में आपके जैसे कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा सिलेबस ठीक है तो सिलेबस है आपका कंप्यूटर तो 50 नंबर का आएगा जिसमें आपको पच्चीस नंबर लाना अनिवार्य है अगर आप पच्चीस नंबर नहीं लाते हॉस्टल वार्डन में कंप्यूटर में तो आपका ओ एम आर सेट यानी कि चेक नहीं किया जाएगा चाहे आप हिंदी का पूरा नंबर बनाओ या गणित का पूरा नंबर बनाओ या फिर सामान्य ज्ञान का या फिर सामान्य छत्तीसगढ़ का ठीक है अगर आप उनमें से अगर सभी का अच्छे से नंबर ला लेते हैं लेकिन कंप्यूटर में अगर आप पास नहीं होते तो आपका ओ एम सेट चेक नहीं होगा आप परीक्षा में फैल माने जाएंगे इसीलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि कंप्यूटर में पचास नंबर में कम से कम पच्चीस नंबर न्यूनतम पच्चीस नंबर लाना अनिवार्य है ठीक है तो चलिए अब बात करते हैं हिंदी व्याकरण की तो हिंदी में आपका 10 नंबर का आएगा और कौन से बुक से तैयारी करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा तो लास्ट तक जरूर देखिए वीडियो को ठीक है तो देखिए अब अंग्रेजी भाषा की बात करें तो अंग्रेजी भाषा में, में आपका अंग्रेजी भाषा में आपका 10 नंबर का रहेगा गणित की बात करें तो गणित में आपका बीस नंबर का रहेगा ठीक है इसके बाद बात, बात करेंगे सामान्य ज्ञान की तो सामान्य ज्ञान का आपका कितना नंबर का रहेगा बीस नंबर इसके बाद बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ जी की यानी कि छत्तीसगढ़ सामान्य विज्ञान की तो वो भी आपका 20 नंबर का रहेगा ठीक है और करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर व्यापक में पूछे ही जाते हैं करंट अफेयर आपका 20 नंबर का आएगा ठीक है यहां तक आपको क्लियर हो गया सिलेबस के बारे में बात करें अब तैयारी कैसे करना है और वैकेंसी कब तक आएगी तो वैकेंसी आए या ना आए या कभी भी आए आपको परीक्षा में जाने से पहले ठीक है परीक्षा दो महीना बाद आए या तीन महीना बाद आए आपको तैयारी रखना ज़रूरी है ठीक है अब इसके बाद बात करें कि देखिए अब इसका बुक के बारे में बात करते हैं तो बुक कौन से बुक से तैयारी करना है तो देखिए कंप्यूटर का आपका तो हो गया दिखे ध्यान से याद करिएगा नोट करते जाइएगा ठीक है कंप्यूटर में आपको परीक्षा मंथन से पढ़ लीजिएगा ठीक है परीक्षा मंथन से पढ़ लीजिए उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया रहता है पूरा डिटेल वाइज दिया रहता है ठीक है और हो सके तो देखिए छब्बीस सितम्बर से हमारे यूट्यूब चैनल पर नया विश्व प्रारंभ होने जा रहा है छात्रावास अधीक्षक यानी कि हौसल बढ़ाने की और साथ ही सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा और एडीओ यानी कि एडीओ के लिए तीनों ही एग्जाम के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर 26 सितम्बर से प्रारंभ होने जा रही है रात आठ बजे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान और गणित की क्लास रहेगी और सुबह नौ बजे कंप्यूटर और करंट अफेयर की क्लास रहेगी हिंदी और इंग्लिश की क्लास में नहीं कराऊंगा आप लोगों को सिर्फ तीन सब्जेक्ट कराऊँगा ठीक है गणित का हो गया छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान भारत का सामान्य ज्ञान ठीक है और करंट अफेयर ये सब कंप्यूटर का क्वेश्चन रहेगा ठीक है लेकिन हिंदी और इंग्लिश आप लोग कर लीजिएगा ठीक है छब्बीस सितंबर से नए वेच प्रारंभ होने जा रहा है अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ठीक है छब्बीस सितम्बर से प्रारंभ होने जा रहा है अब बात करते हैं कि हिंदी बुक से थे हिंदी बुक में आपका हरिमाम पटेल है वहाँ से पढ़ लीजिएगा ठीक है या फिर लूसेंट से पढ़ लीजिएगा हिंदी का दस नंबर का आता है इसके बाद बात करें अंग्रेजी का है अंग्रेजी का आप भी पढ़ लीजिएगा एक बुक आता है मैं आपको बताऊँगा ठीक है और गणित क्या आता है तो गणित क्या आपका नवीन अंकणित है या फिर अंक नवीन अंक गणित आप पढ़ लीजिएगा या फिर एच डी आर आपका बुक आप दोनों में एक रिफर कर सकते हैं ठीक है हाँ दोनों अलग अलग है लेकिन आप एक बुक रिफर कर सकते हैं उसके बाद कर सामान्य ज्ञान का सर सामान्य ज्ञान का भूषण का भी पढ़ सकते हैं या फिर हरिम पटेल का दोनों में आप एक कवर कर सकते हैं अब छत्तीसगढ़ जीके की बात करें तो छत्तीसगढ़ करेंट अब तो डेली आपको दैनिक भास्कर या कुछ है ना पढ़ना पड़ेगा इसके बाद है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के करंट अफेयर अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें तैयारी तो करने के लिए देखिए पर तैयारी तो करना है में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान में बीस अंकों के बीस प्रश्न रहेंगे आपको बीस नंबर पूछे जाते हैं वहां से छत्तीसगढ़ का इतिहास स्वतंत्रता आंदोलन एवं छत्तीसगढ़ का योगदान ठीक है उसके बाद छत्तीसगढ़ का भूगोल है जलवायु भौतिक दशाएं जनगणना पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल ठीक है तीसरा है आपका छत्तीसगढ़ का साहित्य संगीत नृत्य कला एवं संस्कृति जनंगला मुहावरा लोकोक्तियाँ ठीक है चौथा बात करें तो छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ विशेषकर परंपराएँ से एवं तीज त्यौहार से तो छत्तीसगढ़ की जनजाति से विशेषकर तीन से चार नंबर वहाँ से पूछे जाते हैं साथ ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था यानी कि कृषि से अब छत्तीसगढ़ की जनगणना से आप लोगों को पढ़ जरूर जाना है छत्तीसगढ़ जनगणना से दो से तीन क्वेश्चन वहाँ से आते ही आते हैं ठीक है उसके बाद छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा एवं स्थानीय पंचायती राज व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था से कभी कभी पूछ लिया जाता है छत्तीसगढ़ के उद्योग ऊर्जा खनिज एवं जल संसाधन विभाग यानी कि वहां से आपको तीन से चार नंबर खनिज संसाधन विभाग से देखने को मिल सकता है छत्तीसगढ़ उद्योग विकास ठीक है, है उसके बाद छत्तीसगढ़ की समसामायिक घटनाएं ठीक है, है। छत्तीसगढ़ के जो समसामायिक घटना यानी कि आपको छह महीने तक पढ़ लेना है ठीक है एक साल भी नहीं कह रहा हूँ आप लोगों को छह महीने तक आपको पढ़ लेना है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की इसके बाद बात करें तो देखिये यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं संबंधित खेल कम आपको एक साल तक पढ़ना पड़ेगा यानी कि एक साल जो जितने भी कवर हुए हैं राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल घटनाएं सब ये आपको पढ़ना पड़ेगा इसके बाद बात बात करें कि घटनाक्रम के बारे में उसके बाद भारत का समान है अब भारत के सामान्य ज्ञान से आपको 20 नंबर को देखने को मिल सकते हैं 15 से 20 नंबर छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का मैं आप सभी को बताया हूँ उसके बाद भारत का सामान्य ज्ञान से ठीक है भारत के सामान्य ज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा तो भारत के सामान्य ज्ञान में आपको 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें बीस नंबर का रहेगा तो भारत का राजनीतिक व्यवस्था संविधान संवैधानिक मौलिक कर्तव्य सूचना का अधिकार ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा ठीक है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र चुनाव लोकसभा राज्यसभा इन सभी को पढ़ यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं अब इसके बारे में बात करें कि भारतीय इतिहास से अब भारतीय इतिहास से यानी कि वहां भारतीय सभ्यता सांस्कृतिक ऐतिहासिक घटनाएं पूछा जाता है इतिहास से ठीक है और अट्ठारह सौ से लेकर उन्नीस से लेकर बात घटनाक्रम वहाँ पर पूछा जाएगा ठीक है मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि हमारे YouTube चैनल पर 26 सितंबर से प्रारंभ होने जा रही डेली आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देगा टेस्ट सीरीज चलेगा जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और लाइक करके रख लीजिएगा चलिए ठीक है इसके बाद बात करते हैं भारत के भूगोल के बारे में भूगोल से छत्तीसगढ़ के बोर्ड कक्षा दसवीं के बेस में आता है और भारतीय अर्थव्यवस्था बात करें तो अर्थ सामाजिक आर्थिक विकास जनसंख्या राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजनाएं से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था छत्तीसगढ़ बोर्ड यानी पढ़ लीजिएगा और ठीक है हमारे यूट्यूब चैनल पर वही प्रारंभ हो जा रहा है छब्बीस सितंबर से डेली क्लासेस लगेगी ठीक है रात आठ बजे की रहती है ठीक है उसके बाद बात करें, बात करें। तो यहाँ पर गणित का डेली आपको कराएंगे लाभ मान्य जितना भी गणित से पूछे जाते हैं वहां से आप सभी को तो क्वेश्चन कराएंगे ठीक है अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो रहेगा इसके बाद आपका है कंप्यूटर का उसके बाद इंग्लिश का रहेगा तो इंग्लिश का दस नंबर पूछा जाता है उसमें नंबर जेंडर प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव है ना ये सब पूछा जाता है उसमें उसके यूज आप इंपॉर्टेंट प्रोपोजीशन उसके बाद ट्रांसफर है ना ये पेसी वॉइस ये जितने भी ग्रामर है आपको इंग्लिश में आपको दस नंबर पूछे जाते हैं उसके बाद कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में आपका डेली मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ डेली आपको पचास पचास एम सी क्यू ठीक है टोटल आपका पचास पचास एमसीक्यूअप एक हज़ार टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे वहाँ से आपका आने की संभावना तय है ठीक है अगर जो लोग तैयारी करना चाहते तो वीडियो को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा चलिए अब बात करते हैं एडियो की तो एडियो की जो भी क्लास है वो रात आठ बजे क्लास होगी वो भी 26 सितंबर से प्रारंभ होगी और सब इंस्पेक्टर की बात करें तो उसका देखिए फिजिकल तो उसका हो चुका है जो लोग फिजिकल में कैंडिडेट जो लोग पास हुए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी छब्बीस सितंबर से प्रारंभ होने जा रही है इंस्पेक्टर के नवम्बर तो या, या, या दिसंबर में हो सकते हैं ठीक है मैं संभावित बता रहा हूँ ठीक है छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर की अब देखिये कंप्यूटर में देखिये आपको जिसमें अभ्यर्थी आप को पच्चीस नंबर लाना अनिवार्य है ठीक है अब देखिये जो लोग छात्रा वशीक्षक की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट क्लासेस रहेगी हमारे यूट्यूब चैनल में कंप्यूटर का आपको 50 में कम से कम 40 नंबर लाने के लिए मैं आपको संभावना करूंगा प्रयत्न करूंगा ठीक है कोशिश करते रहें इसमें 25 नंबर लाना अनिवार्य न था आपका पेपर चेक नहीं किया जाएगा इसलिए आप सभी को बार बार बता रहा हूं कि छात्रा और शिक्षक में कंप्यूटर में आपको पास होना जरूरी है ठीक है तो कंप्यूटर के लिए मैं डेली आपको पचास एम सी क्यू तो डेली ठीक है इसमें कंप्यूटर की जानकारी के बात करें तो कंप्यूटर के परिचय में उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है प्रमुख भाग क्या होगा प्रिंटर अब प्रिंटर से बात करें तो प्रिंटर में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं प्रिंटर से ठीक है इंक लेजर अन्य प्रकार के प्रिंटर से जितने भी क्वेश्चन रहेंगे मैं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में ठीक है डेली कराऊँगा उसके बाद आपरेटिंग सिस्टम से पूछे जाते हैं कार्यालय का उपयोग इंटरनेट का उपयोग ठीक है एंटी अब एंटी से बात करें तो एंटी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दो से तीन नंबर वहाँ से आ जाते हैं मल्टीमीडिया से आते हैं सीडी डीवीडी आपको पढ़ना पड़ेगा सीडी डीवीडी से क्वेश्चन आते ही आते हैं ठीक है इसके बाद गूगल से आते है, हैं अल्पविस्त से आते हैं ठीक है जितने भी कंप्यूटर्स के रहेगा आप सभी को डेली आप जो क्वेश्चन कराऊंगा ठीक है आज के लिए इतना ही धन्यवाद जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ये आपको ठीक है धन्यवाद वीडियो आपको अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है थैंक यू